के हमारे सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि तो मैं अधिकांश अधिकांश लोगों लोगों का नाम नहीं जानता मुलाकात से है, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ हमारे लिए सभी का हैं, आदरणीय हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ अभिनंदन करता हूँ जैसा की के द्वारा बताया गया कि खुले दिल से आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए हम पूरे पुलिस परिवार की तरफ ऐसी आप सभी लोगों को तह दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जैसा की किसी पूर्व वक्ता ने बताया था की कभी पुलिस और में ऐसा सामंजस्य नहीं देखने को मिलता है तो आप लोगों ने ने ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारे के अनुरोध पर सभी सभी चाहे किसी भी का का का का हो, धर्म का हो, समाज का हो, का हो, धर्म समाज सहयोग किया है तो हम सभी का स्वागत करते हैं वर्तों में पुलिस कोई अलग नहीं है हम समाज के ही लोग हैं साल बाईस साल इसी समाज में रह करके पढ़ लिख करके बड़े होकर के पुलिस में आते हैं तो ऐसा नहीं कि कि हैं या कि कोई पुलिस में आने के बाद अतिरिक्त मानव नहीं हो जाता है तो हम भी आपके पीछे है आपके परिवार के है ये सामंजस्य जो बना है आगे भी बना रहे कोई दूरी नहीं आनी चाहिए और निश्चित रूप से आप आप आप लोगों लोगों लोगों ने बहुत अच्छा किया है दिया है दिया इसके लिए मैं बार-बार को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों करता हूँ और हमारे इंस्पेक्टर साहब दिनेश प्रताप पांडे जी इन्होंने वास्तव में एक सराहनीय काम किया है आप लोगों के सहयोग से तो सारी शासन स्तर से होती है जनपद स्तर पर चौकी खोली जा सकती है लेकिन वो नाम रिपोर्टिंग होती है तो ये नाम रिपोर्टिंग चौकी क्योंकि ऑलरेडी आपके सदे में खुल चुकी है रिपोर्टिंग चौकी के लिए पत्राचार करने की कार्रवाई अभी जा करके पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे और ये शासन से बाकायदा इसका जो जियो होता है इसका पूरा एरिया इसकी पूरी आबादी ये सारी चीजें नोटिफाइड होती है तो वो चूंकि जनपद स्तर का नहीं है तो हम इसके लिए पत्राचार करने के लिए पुलिस मंडल से अनुरोध करेंगे और कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों का ऐसे प्यार रहा है तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग चौकी बनेगी। ये भी दोनों जो है सजाफा एसोसिएशन का और एक दूसरा जो सभादत्ता जो हजो जी और इसकी तरफ से है तो दोनों में एक ही चीजें हैं होना है मैंने पहले बताया